तो गाइस मैं आपको आज के वीडियो में ज्ञान गेमिंग का एक ऐसा रिकॉर्ड बताने वाला हूँ जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है और बनाने का तो छोड़ो गाइस कोई इसके आसपास पास भी नहीं है तो आप लोग अभी सोच रहे हो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है यार लेकिन कोई इसका आसपास भी नहीं है तो मैं वो रिकॉर्ड आपको बताऊँ उससे पहले आप इस शॉर्ट को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो गाइज वो रिकॉर्ड है यूट्यूब पे फ्री फायर के सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का तो देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे गाइस कि ज्ञान गेमिंग ने टू पॉइंट थ्री के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और तो उसके आसपास भी भी और टोटल गेमिंग आप देख सकते हो टोटल गेमिंग ने भी वन पॉइंट के वीडियोज अपलोड कर चुके हैं बट यार अभी तो ज्ञान गेमिंग है तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट के जरूर बताना आता तो है अगले वीडियो तो तो के लिए बायस